नमस्ते डीके हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक विशेष सूचना जो आईटीआई प्रवेश परीक्षा से निकल के आ रही जिसमें कहा गया है कि कब से आपका फॉर्म भरे जाएंगे कब से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि संबंधित सूचना और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता दो हजार इक्कीस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेटिव एडमिशन टेस्ट यानी आई टी आई सी ए टी दो हजार इक्कीस बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा देख सकते हैं आपका जो परिषद है यानी बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली आई, आई की परीक्षा दो के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं यानी ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं आवेदन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आईटीआई सीएटी आई, आई सी से आयोजित करने की तिथि समय यथा समय सूचित किया जाएगा परिषद की वेबसाइट यहाँ दे सकते हैं वेबसाइट बी बोर्ड बिहार गवर्नमेंट डॉट पर आईटीआई आई कैट 2021 को उपलब्ध वितरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता अर्ता संबंधी विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है देख सकते हैं स्पष्ट वेबसाइट दिया गया है जो वहां जाकर के विशिष्ट रूप से हम जानकारी ले सकते हैं देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क आई, आई कैट दो में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका प्रोस्पेक्टस पर्षद की वेबसाइट या देख सकते हैं जो सम्मिलित होंगे उनको प्रोस्पेक्टस अवश्य रूप से डाउनलोड करके पढ़ लेंगे या देख सकते हैं वेबसाइट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई सीएटी 2021 लिंक पर क्लिक कर अप्लाई बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो आवश्यक जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिखेगा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लेंगे देख सकते हैं पहला जो है स्टेप वन रजिस्ट्रेशन आपका होगा ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए सारी सूचनाएं स्टेप वन में अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही सही अभ्यर्थी द्वारा भरकर देना होगा अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय ध्यान रखें कि अपना ईमेल आई डी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इस्तेमाल करें क्योंकि रजिस्ट्रेशन संबंधी सूचनाएं उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा नहीं ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है उस अच्छे से भरेंगे साथ ही अभ्यर्थी को एक एस प्राप्त होगा प्राप्त किए गए ईमेल और व में एक एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए करेंगे अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अकाउंट एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी साइन इन बटन पर क्लिक करें ई आईडी हम किसी भी पासवर्ड डालकर साइन इन की आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे देख सकते हैं अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया ई मेल ही उनका यूज़र नेम होगा ई मेल जो है यूज़र नेम होगा और यहाँ देख सकते हैं टोटल ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ये जो पीडीएफ है जो सूचना है वो डाउनलोड किया जा सकता है और जो परिषद की जो वेबसाइट है वहाँ पे इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा डायरेक्ट आप जा सकते हैं या ये जो वेबसाइट है इसे लिख लेंगे और डायरेक्ट आप गूगल के सर्च बार या किसी ब्राउज़र पर जा के आप वहाँ से देख सकते हैं देख सकते हैं दूसरा क्या कह रहा है स्टेप टू में ए स्टेप टू यहां देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन अपने अकाउंट को एक्टिव कर कर पुनः अपने अकाउंट में साइन इन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी तरह भरें एवं सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें तीसरा है तीसरा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर चौथा है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरेंगे फाइव स्टेज जो है विशिष्ट रूप से जो मेन टॉपिक है उसी पर चर्चा करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ठीक है यहाँ देख सकते हैं स्टेप फाइव प्रिव्यू और एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन को देख लेंगे एक बार स्टेप सिक्स पेमेंट ऑफ एग्जामिनेसन फी यानी जो आप परीक्षा देंगे उसका फ़ी भुगतान करना पड़ेगा अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियों के प्रिव्यू को देख सबमिट बटन सबमिट करने के बाद प्रोसीस टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें जमा किए गए परीक्षा को लौटाया नहीं जाएगा देख सकते हैं स्पष्ट दिया गया है कि आपके परीक्षा शुल्क को किसी कीमत पे नहीं लौटाया जाएगा यानी एक बार पेमेंट हो गया तो द्वारा आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा यानी परीक्षा शुल्क हुआ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जमा करने कि निम्नांकित दो प्रक्रियाएं हैं बैंक चलान के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं अगला स्टेप क्या कहता है अच्छे से इसे पढ़ लेंगे उपरोक्त विषयों से परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवश्यक विवरणी देख सकते हैं अब कौन कौन कास्ट को कितना पेमेंट लगेगा इस पर हम चर्चा करते हैं देख सकते हैं जो अभ्यार्थी सामान्य यानी जनरल पिछड़ा वर्ग ओ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओ हो उनको साढ़े सात सौ रुपये यानी सात सौ पचास रुपये की राशि शुल्क रूप में भुगतान करना होगा जबकि एस सी की कोटी के की परीक्षा शुल्क सौ रुपये है बिंगलांग अभ्यर्थियों के साढ़े चार सौ तीस रुपये राशि के शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा देख सकते हैं सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा साढ़े सात जबकि एस सी के लिए सौ रुपये हैं और दिव्यांग के लिए चार सौ का भुगतान आपको करना होगा प्रवेश परीक्षा मैं आपको बैठने के लिए देख स्टेप क्या कहता है? डाउनलोड पार्ट पार्ट एंड बी द्वारा निर्धारित तीतीय समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए पर... आ... भरे गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पार्ट वन और पार्ट बी डाउनलोड कर प्रिंट निकालें और बात सुरक्षित रखें क्योंकि इसमें आपके द्वारा भरी गई सारे प्रविष्ट अब द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है जो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उसे अच्छे से संभाल करके अच्छे से रख लेंगे बाद में भविष्य में काउंसलिंग में या भविष्य में आपको काम आएंगे या देख सकते हैं डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पार्ट वन भी इस सभी चीज़ों को अच्छे से हम पढ़ लेंगे आई सी ए दो हज़ार इक्कीस से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट यानी पंजीकरण की तिथि पाँच जुलाई है और यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट पाँच आठ को आपका ये क्लोजिंग हो जाएगा यानी पाँच जुलाई और पाँच अगस्त एक महीने तक ये पंजीकरण होंगे यहाँ देख सकते हैं डेट भी दिया गया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट देख सकते हैं लास्ट डेट है आपका सात अगस्त ऑफ्टो बैंकिंग आवर देख सकते हैं लास्ट पेमेंट ऑफ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड नौ अगस्त तक आप इसे भर सकते हैं ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो आपने फॉर्म को भरा है उसे दस से लेकर के बारह अगस्त तक एडिट किया जा सकता है यानी किसी प्रकार की त्रुटियाँ हैं नाम में पिताजी के नाम में डेट ऑफ बर्थ में आधार नंबर में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिक्कत है तो अब 12 अगस्त तक इसे पूर्ण रूप से फिल कर लेंगे यहाँ 11 उनसठ पीएम यानी समय दिया गया इश्यू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड यथा सूचित सूचित किया जाएगा यथा समय सूचित किया जाएगा प्रोस प्रोस प्रोपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन यथा समय सूचित किया जा सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा गया गया या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया, किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा किसी प्रकार का छेड़छाड़ और आधा अधूरा भरा गया इसे रिजेक्ट किया जाएगा आयु सीमा देखिए आप विशेष रूप से जो कहा गया है पहली अगस्त 2021 तक न्यूनतम 14 वर्ष आपका एज रहना चाहिए 14 वर्ष आप देख सकते हैं किंतु मैकेनिक मोटर वेडिकल मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम आयु सत्रह वर्ष होना आवश्यक है देख सकते हैं शैक्षणिक तथा आवासीय आर्त्याओं तथा निम्न शर्तों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश परीक्षा इतना कि विवरण पुस्तिका जो बी सी सी के वेबसाइट पर को देखें हैं देख सकते हैं शैक्षणिक तथा आवासीय आर्थाएँ आपको वेबसाइट पर जाकर के इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना होगा यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उन सभी विद्यार्थियों को जो प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं आई आईटीआई का उसमें लाभ मिले धन्यवाद